हेलो गाइस कैसे आप लोग सब बढ़िया होंगे बढ़िया ही होनी चाहिए तो मेरे चेहरे से तो बस स्माइल आ रही है बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में मैं फंस गया हूँ वो प्रॉब्लम बहुत ख़तरनाक है मतलब बोलते हैं ना ख़तरनाक बोल हो तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ आप कहीं और मत फंस जाना ऐसे मेरी तरह जिस सिचुएसन में मैं आज फंसाऊँ ना उस सिचुएसन में आप कभी मत फँसना वो सिचुएसन क्या है मैं पैसा तो बरूबर आया पर एक्स्ट्रा लेके मैं नहीं कभी भी कभी भी मैं एक्स्ट्रा लेके पैसा नहीं चलता था और आज भी नहीं लेके आया और रिक्शे का भाड़ा तीस रुपया मेरे को देना पड़ गया बस नहीं मिला मुझे लेट हो रहा था उस मुझे घर से जल्दी निकलना पड़ा तो उस हिसाब से मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा अब घर जाना एक ही मेरे पास एक भी रुपया नहीं अभी पैदल चल के जाना पड़ेगा अभी देखते कोई बस मिली तो थी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पाँच रुपये कि यहाँ से मतलब जो आगे कौन सा ये यशवन वसन नगरी हाँ वसन नगरी करके कोई स्टॉप है वहाँ से शायद मेरे को स्टेशन पे पाँच रुपए में छोड़ दे तो अगर हो पाया तो ठीक नहीं हो पाया तो फिर पैदल ही जाएंगे स्टेशन तक पूरा और तो बहुत सारे लोग अभी सोच रहे हैं ये ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ सबसे पहली बात तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अगर कहीं जाओ आप ऐसे कहीं फँसो मन और दूसरी बात तो ये किसी से मांगने की ज़रूरत न पड़े मैं अभी सोचा मेरे मन में ये आया कि मैं दूसरे से मांग लेता हूँ कि अंकल दे दो पैसा जाने का और अभी वहाँ चलते देखते अगर कोई मिला पहले पूछना पड़ेगा कि पांच रुपये स्टेशन तक कितना होता है वैसे ही स्टेशन तक अगर वो बोल दिया इतना इतना होता है तो ठीक है नहीं बोला तो कि पैदल ही जाना पड़ेगा अगर पांच रुपये में छोड़ दिया पाँच रुपये बचा मेरे पास तो देखते पहुँच भी पाएंगे कि नहीं और थोड़ा यहाँ पर देख के चलना पड़ा क्योंकि हाई वे पूरा हाई रोड है तो यहाँ पर गाड़ी आते जाते थोड़ा तो ध्यान ध्यान से चलना पड़ेगा और आप भी अगर रोड पे ऐसे पैदल चलना कैमरा ऑन करके तो फिर आप प्लीज़ ध्यान देना तो चलते हैं अभी देखते हैं वहाँ पे अगर अपना जुगाड़ बैठा तो बैठाएँगे नहीं बैठा तो फिर पैदल ही जाएंगे। तो इसलिए मैं बता रहा था बहुत सारे लोग अपनी बात क्यों बता रहे तो आप भी अगर ध्यान देना कर कहीं जाना या कहीं घूमने हुआ या फिर कहीं जाते हुआ या कहीं भी जाओ तो एक्स्ट्रा पैसा लेके जाना इतना ही नहीं इतना भाड़ा होता है तो इतना ही लेके चलो क्योंकि कभी कभी मार्केट में कैसा रिक्शे वाले का प्राइस बढ़ जाता है फिर उस हिसाब से जो है मतलब तो कैसे ना दस तीस रुपये या चालीस हो गया पचास हो गया वो तो एक्स्ट्रा लेके जाने का तो अच्छा रहेगा तो चलते हैं वहाँ पे फिर मिलता हूँ आपसे सुना पूरा वहाँ से यहाँ तक आ गया हूँ अभी स्टेशन पहुँचने वाला हूँ आधा आधा किलोमीटर आधा एक किलोमीटर बचा होगा अभी तक यहाँ आ गया एक मिनट तो यहाँ तक आ गया हूँ अभी तक एक भी मतलब ना ही बस मिली ना ही रिक्शा मिली और बस आई बस वाला बोलता है और तो मतलब थोड़ा सा ही के लिए बोलता है पंद्रह रुपया लूँगा मतलब तो बाप रही यहाँ दस रुपया नहीं थे आप पंद्रह रुपये की बात कर बोला ठीक है कोई बात नहीं मैं फिर पैदल चला जाता हूँ तो मैं अभी यहाँ पे अब पैदल जा रहा हूँ और ट्रेन के लिए टिकट भी नहीं लेऊंगा मतलब लेने को तो ले लूँगा पर अभी बहुत ज़्यादा एक मिनट बहुत अंधेरा हो गया यहाँ पे नहीं लूँगा और उसकी वजह ये है क्योंकि ऑलरेडी मैं घर पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ और अभी टिकट लेने जाऊँगा तो फिर आपको तो जो जो नाले जोपरा वसई के बीच में रहते होंगे उनको तो पता ही कितनी ज़्यादा टिकट के लिए हर जगह लाइन लेती है और नाले जपरा वसई के बीच में बहुत ज़्यादा ही लाइन लगी थी और ये फ़ोन जो हिल रहा है ना इसका भी एक नया सलूशन आने वाला है कुछ ही टाइम में न्यू फ़ोन ले लूँगा तो उसके बाद अच्छा वीडियो आएगा मतलब इतना कैमरा ऐसे जो हिल रहा है ना ये हिलेगा नहीं तो चलते हैं अभी फटाफट पड़ से ट्रेन पकड़ते हैं फिर घर आएंगे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हूँ तो चलते हैं फटाफट से घर पर पैसे लाने का बहुत बुरा नतीजा हो रहा है मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही मतलब तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे ले गया हमेशा मैं चलूँगा आज बहुत गलती कर दी मैंने सबसे बड़ी गलती कि आज पैसा ना लाके एक्स्ट्रा पैसा मुझे लाना चाहिए था आधा आधा एक किलोमीटर होएगा पर यहाँ पर बता रहा हूँ मैं चार किलोमीटर चल गया आज तो भी चलते रहेंगे चार किलोमीटर अभी और चलना है तो देखते अभी चलते रहेंगे मुझे लगा अभी पटार से घर पे पहुँच जाऊँगा और अभी तो पहुँचेंगे नहीं तो यह वाला ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ आई होप आपको अच्छा लगाएगा और जो समझदार होंगे ब्लॉग को फॉलो करना मैं फॉलो मतलब सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और जो मैंने बोला है मेरी बात को एक बार ध्यान से याद रखना पैसा तो हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलना नहीं तो आप बहुत बुरी तरीके से कहीं पे भी फँस सकते हैं कहीं पर बोलते हैं ना कहीं पे भी आप फँस सकते हो ऐसा वो ब्लॉग अच्छा रहो हो लाइक कॉमेंट शेयर चैनल पर नए हो तो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अंधेरा हो गया यहाँ पर तो सब्सक्राइब करो फिर